दोस्तों आज की जो खबर निकल के आ रही है पब्जी मोबाइल के ऊपर से पब्जी मोबाइल अब इंडिया में लॉन्च होने वाला है टेंथ जून को या तो 18 जून को लॉन्च होगा अगर आपको ये फेक लग रहा है तो प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाके चेकआउट कर सकते हो अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा